अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पार्क में घूम रहे एक बुजुर्ग को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोचकर मार डाला घटना का वीडियो भी सामने आया है इसमें दिख रहे बुजुर्ग 65 साल के सफदर अली हैं। पांच साल पहले वे यूनिसेफ कासगंज से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के बाद से अलीगढ़ में ही अपने परिवार के साथ मेडिकल रोड प्रिंट प्वाइंट पर रह रहे थे रोज सुबह हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाते थे रविवार सुबह भी सफदर अली पार्क में मॉर्निंग वॉक करने आए थे इसी दौरान उन पर दस बारह कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया कुत्तों ने सफदर अली के कुर्ते और पैजामे को नोचकर फाड़ दिया इससे वह जमीन पर गिर गए फिर कुत्तों ने उनके हाथ पैर और पेट को नोचकर घायल कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई घटना रविवार सुबह 7 बजे की है यूनिवर्सिटी के गार्ड ने पार्क में शव को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी सूचना पाकर थाना सिविल लाइन्स मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया अलीगढ़ सिटी एसपी कुलदीप गुनावत ने यूनिवर्सिटी में लगे सीसीटीवी की जांच की जिसमें बुजुर्ग आरोप कुत्तों के हमले की बात सामने आई है ब्यूरो रिपोर्ट आज सुबह साढ़े सात बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक शव पड़ा हुआ है सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा फील्ड यूनिट और डॉग स्पॉट को बुलाया गया मृतक की पहचान सफदर अली के रूप में हुई है जो कि थाना सिविल लाइन का ही निवासी है आसपास के सीसीटीवी सी फुटेज जब देखे गए तो ये ज्ञात हुआ कि सुबह छः साढ़े छः बजे के आसपास ये वहीं घूम रहे थे तभी कुत्तों का एक समूह इन पर आकर हमला किया जिसकी वजह से ये नीचे गिर गए दस बारह कुत्ते इन पर अटैक करते रहे संभवतः जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई परंतु फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई है मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और इसमें वैदानिक कार्रवाई प्रचलित है जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए